मेरा नाम हाफिज सहमूर खालिद है और मैं पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो कि यूएन इंशलाज क्लासीफाई टीम है उसका सर्च काीडर हूं आज हम अभी फौरी तौर पर रिस्पांस कर रहे हैं तुर्किया में जहां पर इस वक्त जल्जे से बहुत सारे लोग जो है मुसीबत में खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम जो है इस वक्त फौरी तौर पर जो है तुर्किया जा रही है ताकि वहां पर जितने भी अफराध जिनको इस वक्त हमारी जरूरत है उनकी मदद की जा सके और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजीज हैं मैक्मम लाइफ है उनको मलबे से निकाला जा सके बचाव बचाओ स्टेशन लाहुक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर Allah Allah Allah Açın arkadaşlar açın Açın gel açın Allahu ekber Sen şunu basınca şuf şuf basınca şuf basınca şuf Açılın açıl açıl açıl ba du ba du ba du Hamdillah ayış ayış Allah'a hamdullah